सोनागिरी जैन मंदिर में हुई लूट के अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तत्काल कार्रवाई को लेकर जैन समाज काफी खुश नजर आया जैन समाज के जनप्रतिनिधियों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और इस पर आभार जताया कुछ दिनों पहले सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के चंद्र प्रभु जैन मंदिर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके अपराधियों को पुलिस ने चौबीस घंटों में सलाखों के पीछे डाल दिया जिसको लेकर जैन समाज के प्रतिनिधियों ने हर्ष व्यक्त किया श्री दिगम्बर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट और दिगम्बर जैन विद्यालय समिति के सदस्यों ने गृह मंत्री मिश्रा से भोपाल में मुलाकात की और तत्काल कार्रवाई के लिए का आभार जताया। उन्होंने बताया कि नरोत्तम मिश्रा ने डकैती की सूचना मिलने के बाद से ही पुलिस और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए थे जिसकी वजह से अपराधी सलाखों के पीछे पहुँच पाए जनप्रतिनिधियों ने चंबल पुलिस का भी त्वरित कार्रवाई के लिए आभार जताया है पूरी जैन समाज के साथ में व्यक्त करते हैं क्योंकि पूरी जैन समाज को भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिलता है और मध्य प्रदेश शासन ने जिस तत्परता से सोनगढ़ क्षेत्र छे, छे, के अंदर जो चोरी हुई थी उस घटना को तत्काल पकड़ा भी और हमारी ये मांग है कि वहाँ पर एक पुलिस चौकी की स्थापना भी शीघ्रतिशील कर दी जाए क्योंकि बहुत बड़ा वो क्षेत्र है माननीय मंत्री जी से हमने निवेदन भी किया है कि वहाँ एक पुलिस चौकी बनाई जाए और क्योंकि तो इतनी जल्दी चोरी का माल और चोरों को पकड़ा है उसके लिए पूरी जैन समाज कृतज्ञ कर ज्ञापित करने के लिए माननीय मंत्री जी के पास आई है और हम सब उनका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं सम्मान करते हैं माननीय मंत्री महोदय हम, हम लोग पूरी जैन समाज भोपाल आभार व्यक्त करने आई थी क्योंकि सोनागिरी मंदिर में जो अभी दुर्घटनाएँ चोरी चोरी की हो गई थी उनका जो